अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको यहाँ पर दूध केले और अंडे दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दस ऑप्शन बी बीस ऑप्शन सी आठ या ऑप्शन डी सोलह आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए